हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरी नई वीडियो में और दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि चार पाई कैसे बनती है